गाइज द ड्रीम के नाम से मशहूर इस विमान की गिनती दुनिया के सबसे बड़े कार्गो विमान के रूप में होती थी गाइस इस विमान की खास बात यह थी यह विमान बिना रिफ्यूलिंग के 18 घंटों तक तो बिना रुके उड़ान भर सकती थी यह विमान दुनिया का एकमात्र ऐसा विमान था जिसका विंग एरिया वोइंग सात प्लेन के विंग एरिया तकरीबन दो गुना बड़ा था गाइज इसे यूक्रेन की एयरोनोटिक्स कंपनी एंटोनोव ने बनाया था